हेलो गाइज तो फिर सभी को आपको स्वागत है आज की मेरे इस न्यू वीडियो में इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कैसे कर सकते हैं जी हाँ गाइज जैसे कि मान लो आप आपके कोई जो फ्रेंड है या कोई भी दुश्मन है जैसे कि आपसे उससे लड़ाई होगी तो आपके फ़ोटो है आपके मेमोरीज है तो आप उसे रखना चाहते हो इंस्टाग्राम पोस्ट पे, और वो क्या करता है कि आपके स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्टोरी डालता है ये वो आपको कमेंट करते रहता है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है अप, आप सोचते हो कि अपना एक अकाउंट जो है वो प्राइवेसी कैसे करे अपने ई लॉक कैसे करे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है सिंपल सर ठीक है आपको वीडियो शुरू से ले एंड तक बिना स्किप किए हुए देखना है और हम आपको प्रोसेस टू प्रोसेस बताते रहेंगे कि आपको क्या क्या करना है और हमारा जो एम है हमारे चैनल का जो एम है वो है कि आपको तीन मिनट के ही अंदर वीडियो सॉल्व करके बताना है ताकि आपके लाइफ को आपके टाइम को बचाया जा सके और आपके लाइफ को सिंपल और इजी बनाया जा सके और इंस्टाग्राम से रिलेटेड आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप मेरे चैनल पे द, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है इंस्टा प्रॉब्लम नाम से आप वहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और वहाँ वीडियो नहीं मिले तो आप कमेंट भी कर सकते हो हम आपके लिए लेके आते हैं हमेशा तीन मिनट के अंदर ही वीडियो तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ करना है पहले तो वीडियो को लाइक करना है लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और इसे हमें पता चलता है हमारी वीडियो किन किन लोगों को पसंद आती है और सेकंड काम है कि आपको सब्सक्राइब करना है बेलाइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि हमारी हर घंटे घंटे की अपडेट आप तक मिलती रहे तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो और आते हैं हम अपने फोन के स्क्रीन पर देख सकते हो जैसे मैं अपने फोन की स्क्रीन पर आता हूँ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है पहले अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को ओपन कर लेनी है देख सकते हो जैसे मैंने अपने अकाउंट को ओपन कर लिया है आपको यहाँ पे देख सकते हो साइड में आपका अपने प्रोफाइल पे जाने का ऑप्शन रहता है आप अपने प्रोफाइल पे जैसे जाते हो आपके बस इस टाइप का इंटरफेस आएगा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना यहाँ पे अपने थ्री डॉट के ऑप्शन को क्लिक कर लेनी है देख सकते हो जैसे थ्री डॉट के ऑप्शन को आप क्लिक करोगे तो आपके देख सकते हो यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आएगा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने यहाँ सेटिंग पर जाना है जैसे तो नहीं नहीं नहीं। आप सेटिंग पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन आता है सॉरी देख सकते हो जैसे प्राइवेसी का ऑप्शन आ रहा है आप जैसे ही प्राइवेसी पे क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे ऊपर में ही आपको मिल जाता है कि प्राइवेट अकाउंट देख सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट अकाउंट जैसे आप प्राइवेट अकाउंट पे क्लिक करते हो ये आपका था ये मेरा अकाउंट पे नहीं हो रहा है क्योंकि ये मेरा बिजनेस अकाउंट है ठीक है तो उसलिए आपका हमारा मेरा इंस्टाग्राम आई में नहीं हो रहा तो आपका ऐसा में हो जाएगा और आपका भी जैसे कि प्राइवेट बिजनेस अकाउंट है तो आप अपने बिजनेस अकाउंट को हटाएंगे कैसे तो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप यहाँ पे अकाउंट पे जाओगे उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हो स्विच अकाउंट टाइप यहाँ पे आप जैसे जाओगे स्विच अकाउंट टाइप और यहाँ पे स्विच पर्सनल uh, अकाउंट पे क्लिक करोगे तो ये आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा मैं अभी करके दिखा दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा ये पर्सनल uh, अकाउंट हो जाएगा बट कि ये मेरा बिजनेस अकाउंट है इसीलिए मैं चेंज नहीं कर सकता तो आप आप वहाँ से बना सकते हो उसके बाद फिर आपको जो फॉलो करेगा आप वहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा आप एक्सेप्ट करोगे तभी वो आपकी प्रोफाइल का ये देख पाएगा आपके प्रोफाइल का पोस्ट देख पाएगा जैसे देख सकते हो मैं अभी अपने प्रोफाइल का पोस्ट देख सकता हूं तो आप फेसबुक से रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है इंस्टा प्रॉब्लम नाम से आप वहां से भी जाकर देख सकते हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो बेलाइकन को ऑलपे सेट कर दो थैंक यू